जय हो जय हो जय भाई चांद सवारी हो माता भी रे

<fighting for> <hours> oh aho yeah a ho duniya jeha ho duniya jeha ha jeha re la suno hum jaa ha ha ye parde ho maale

तो आइए आप है राजकिशोर प्रसाद यादव हाँ हाँ आप है राजकिशोर प्रसाद यादव ग्राम सब्सक्राइब सब राज भगवान के दरबार में शानदार में रुपया का दाम है गी गी गी